हाय गाइज़ आप सबको स्वागत है ब्रांड ब्रांडअप चैनल पर मैं आज आपके लिए और एक अन्य एप्लीकेशन के बाद अन्य एप्लीकेशन लेके आया हूँ जो आपको घर बैठे बैठे पैसा कमाने में हेल्प कर सकता है दोस्तों एप्लीकेशन दोस्तों बहुत बढ़िया है नाम है वीकली जी हाँ दोस्तों वीकली इसमें आप आ, वीडियो देख कर हाँ, वीडियो को शेयर करके और कुछ कॉइन्स है जो डेली रिवॉर्ड के रूप में आपको मिलेंगे डेली के डेली हाँ तो और और भी तो बहुत सारे टैक्स है जो करके आप पैसा कमा सकते हैं दोस्तों जैसे आपको एक जब आपको ए, कोई वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो एक देख लेते हैं हाँ तो एक तो उस वीडियो के देख, दे, देखने के बाद आपको कुछ कॉइन मिलेंगे वो कॉइन बाद में आपको रुपीस में कन्वर्ट हो जाएंगे वह ऐसे ही सेम अब अगर आप उस वीडियो को अपने व्हाट्सएप में शेयर करते हैं तो उस तो भी आपको कुछ कॉइन मिलेंगे दस कॉइन करके कॉइन करके पर वीडियो आपको मिलेंगे दस दस कॉइन का मतलब है दोस्तों टेन दस पैसा और ए, एक सो, एक सौ एक सौ कॉइन में आपको एक होता है दोस्तों अगर आप सौ कॉइन पा लेते हैं तो आपको एक मिलेंगे यहाँ पे कुछ स्क्रैच है दोस्तों जो आपको जो आपको स्क्रैच करते हुए कुछ कूपन् है जो आपको स्क्रैच करने हैं और उस कूपन से आप स्क्रैच करते हो तो आपको कुछ काइंस मिलेंगे और एक स्पिन भी है जिस स्पिन को आप घुमाएंगे आप तो आपको कुछ काइंस मिलेंगे तो इस कॉइंस को थोड़ा सब काइंस बोलते हैं दोस्तों और दोस्तों हज़ार सप्स काइंस का मतलब है एक पैसा ये आपको मैं बता देता हूँ और और दोस्तों अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको पच्चीस आप रुपये बोनस मिलेंगे तो जी हाँ दोस्तों पच्चीस रुपये बोनस मिलेंगे आप मेरे दिए दिए हुए लिंक से आप अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो जाइए जाइए से डाउनलोड कीजिए और दोस्तों एक स्पिन है जिसको घुमाने पर आपको ये जो रिवार्ड दिख रहे हैं आपको ये रिवार्ड आपको स्पिन को घुमाने पर मिलेंगे और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बिल को भी दबा दीजिए